नहीं दे ऊपर से कहती है काम करो क्या काम करें बताइए रोज रोज ससुर क्या नहाना देखिये देखिए देखिए देखिए कितना बढ़िया तो दिख रहा है चेहरा किसी फिल्म में एकदम हीरो होना चाहिए हमको आह पड़े गांव तो, चलो ससुर मुंह तो दो ही लेते एकदम तो रामदा ने चाय पिलाई है था आ गया सुबह सुबह गुफ्त की चाय का आ, अरे एहसान मानिए तुम्हरे यहाँ आते हैं चाय पीने वरना मार्केट में दुकानें और भी हैं अरे कुछ काम धाम कर भाई अरे क्या काम धाम करें बताइए सच हमारी टक्कर का कोई काम ही नहीं मिलता है कुछ टक्कर की हो बात तो बने कुछ बात अच्छा टक्कर का, का काम नहीं मिलता चल लकड़ी उकड़ी लगा है? चल मुफ्त की चाय पीता है ये लो आलसी कहीं और ना। बोलो बोलता बहुत तो है? तो? है चल जा धन्यवाद कहा भाई चीनी भी नहीं कहा नहीं डाल चाय में आज चीनी नहीं डाल चल पी चाय पी चल हफ्ता तो पर पहले साला सौ रुपए दिया था तुमको तब तो चीनी डालते थे आजकल चीनी नहीं डालते हो। नहीं पीते है साला एक तो मुफ्त की चाय पीता है ऊपर से तो बात भी सुनाता है चल भाग आसे, चल। चले सच्ची में अरे चल जा। जाए अभी जाना सच्ची क्यूँ चल जा, अरे जा रहे है भाई टाइम लगता है जाने में आने में भी टाइम लगा था की नहीं बोलते है यार परेशान करके रखिए जा रहे हैं हाँ चाचा जय राम जी की बेटा और तो चाल जमाना दुश्मन है तेरी चाल सो और भाई चाचा कहाँ सुबह सुबह जाइए जा रहा हूँ भाई को काम पे लगाने काम पे लगाने अरे तो बिलाइए अरे तू बीड़ी मांगता रहता है क्या तूने मुझे कर्जा दिया है कभी अरे कर्जा नहीं मांग रहे हैं भाई बीड़ी मांग रहे हैं कम से कम छुट्टा दो बिलाई बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांड है कौन सा है अरे पता नहीं कौन सा ब्रांड है, है शिवानी है शिवानी है बहुत अच्छा तू ऐसा क्यों नहीं करता है? कुछ काम धाम क्यों तो नहीं भूल लेता अरे कौन काम देता है अरे गए थे वो चंदू अलवाए गए काम क्या बात है नहीं नहीं मक्खी उड़ा रहे क्या आ, काम मिलेगा कुछ क्या काम कर सकते हो तुम तो? देखिए चाचा करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं अच्छा मतलब सब कुछ कर लेंगे अच्छा ठीक है अंदर आओ आ जाए पक्का आ, आ, आओ लो फिर आ, अच्छा एक बात है बोलते बहुत मीठा लीजिए अरे पहले थोड़ा भोजन कर लिया जाए उसके बाद काम धाम तो कर ही लिया जाएगा ठीक है ना आ, नुँ, नुँ, नुँ, नुँ, नुँ, नुँ, नुँ, नुँ. अच्छा गाना बना आ चुके अब काम शुरू करें। हाँ पगार अरे पगार हम हर हफ्ते लेंगे वो भी एडवांस बता रहे अच्छा तुम पगार भी लोगे हाँ। एडवांस और कहा से लाएंगे चल निकल यहाँ से तू निकलो मतलब अरे निकलने है क्या मतलब बुलायोगे काम है काम है फिर बोल रहे हो निकल यहाँ से क्या मतलब है तुम्हारे लायक हमारे पास काम नहीं है चल यहाँ से निकल सुबह सुबह परेशान करने को आ गए कहा खोटी कर रहे हैं हमारा नहीं चिल्ला कर जा रहे हैं जाने में टाइम तो लगता है ना देखिए आने में टाइम लगा कि नहीं लगा लगा ना तो जाने में भी लगेगा कि नहीं लगेगा कल बताइए अरे हमको भी धक्का मारोगे तो धक्के का क्या मतलब है आप सिर्फ बोल दो धक्का धक्का आप बताइए तो, क्या करे तो किसी ने काम नहीं दिया नहीं दिया तू तू ऐसा कर है तू अब शहर चला जा तेरा इस गाँव में अब कुछ नहीं होने वाला अच्छा मैं भी चलता हूँ सलाह तो बढ़िया दी है तुमने हाँ? सलाह के थोड़ी पैसे लगते हैं चलो तुम निकल लो अब अच्छा चलता हूँ तेरा कुछ नहीं होने वाला अबे शहर जाने के लिए पैसे होने चाहिए